तो और ये वीडियो दिल्ली के रामगे विशाल धर्म सभा का आयोजन किया जाता है यहाँ राम बच्चों को लेकर अलग अलग प्रकारों से प्रसित होते हैं परिवार जीवन को सख्त दीजिए और वायनगर को दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का जो लोग राम जी के भक्त हैं कमल को वक्त में जाकर नंबर हो जाएगा करें कमेंट बॉक्स में जाकर जयचरण जी बात करें थैंक यू जयचरण